से, प्यार से, तो भी प्यार से ना, एक भातार को भी भूले। ना है। हर लड़की भी ना हर लड़की भी ना प्यार गुजरीस लेती है से ना से धोखा देती है हर लड़की भी ना प्यार। तो अरे ना हो सरिया के क्या क्या क्या बानी बानी आई लव यू औकात देखकर बात किया कर औकात की बात मत कर जितनी लड़कियाँ तेरे फॉलो लिस्ट में न उससे ज्यादा लड़के मेरे ब्लॉक लिस्ट में चलो स्टार्ट करता हूँ तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं बाप कमाले बया चाँद तारे तोड़ लाने वाला। आ जाओ मेरे भाई लूट लो रस्ते का माल सस्ते में एक रुपए की पाँच किलो एक रुपए की पाँच किलो एक रुपए की पाँच किलो एक रुपए में पाँच किलो प्याज ले जाओ मेरे भाई आप खाओ भाई बहनों को खिलाओ माता पिता को खिलाओ पूरे घर के खिलाओ आ जाओ सस्ती है एक रुपए में पाँच किलो एक रुपए में पाँच किलो मेरे भाई मैं तुम्हारी नीली शर्ट को प्रेस कर रही थी पीछे ऐसी थोड़ा जल गया कोई बात नहीं बेबी मेरे पास एक और नीली शर्ट है मालूम था इसलिए मैंने उस शर्ट का कपड़ा काट के जली हुई शर्ट पे लगा दिया तूने बाइक को हाथ कैसे लगाया गरीब कहीं का काशी छुपा लूंगा मैं मेरी आँखों में सिर्फ तेरा ही चेहरा होगा कौन है कौन है किसने दस्तक दी दिल पर कौन है आपको अंदर है बाहर कौन है ज्यादा प्यार मैं करती हूँ मैं करती हूँ सबसे ज्यादा प्यार बता सो छोड़ने और क्या लेगी तू क्या लेगी छोड़ने का मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ क्योंकि कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ ये सारे झुलम झाल ऐसी दूर हूँ इसलिए तो हूं। मैं खाना सही समय पे देखा यार मेरा बॉयफ्रेंड तो मेरे खर्चे ही नहीं उठा पाता है मुझे कोई दूसरा बॉयफ्रेंड फ्रेंड ढूंढना पड़ेगा ओ मैडम अगर तेरा बॉयफ्रेंड तेरे खर्चे नहीं उठा पा रहा तो एक अच्छी जॉब ढूंढ दूसरा बी एफ नहीं तरह वहाँ महूर दे भाग यहाँ ऐसी भाग हम तोड़ देखते जैसे तुझे पति मिले भगवान करे तेरे को ऐसा पति मिले ब्योरा oh, no, no, no, no. oh, oh, oh. या जाऊ है क्या? क्या करोगे अरे